अल्लाह गायस हाय शेख़ महसिन आप लोग सब कैसे हैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे गायस आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपना YouTube चैनल बनाने जा रहा हूँ आप लोग ने मेरी मदद करनी है उस चैनल को सब्सक्राइब करना है बल्कि इतना ही नहीं अपने दोस्तों तक तो भी उसको पहुँचाना है और मुझे सपोर्ट करें प्लीज़ मेरा YouTube चैनल जो है वो जल्द से जल्द वो हो जाए इस मैं अपना YouTube लिंक जो है वो ऊपर मैंशन कर रहा हूँ सो यू गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब द रट और uh, मुझे सपोर्ट करें प्लीज़ uh, बहुत बहुत शुक्रिया असल